Robots, विज्ञान की तरक्की का एक जीता जागता एग्जांपल है और आज रोबोट्स ज्यादातर वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक इंसान कर सकता है, है, है। दरअसल इस रोबोट को अफ्रीकन मेंशिकाओं से बनाया गया है इसी वजह से इस रोबोट का नाम जेनोबोट थ्री रखा गया है ये रोबोट कई सिंगल कोशिकाओं को जोड़कर शरीर बना सकता है और बच्चे भी पैदा कर सकता है Guys, आपको क्या लगता है किस बच्चे पैदा करने वाले रोबोट से भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको का हर किसी इंसान की अपनी एक फेवरेट डिश होती है किसी को मीठा पसंद होता है तो किसी को तीखा लेकिन 75 साल की एक बुजुर्ग महिला रोजाना एक पाव ऐसी आधा किलो तक बालू रेत खाना पसंद करती है जी आप ठीक सुन रहे हैं। नाम की है महिला 18 साल की उम्र से ही एक वैद्य के कहने पर कंडे की राख और बालू रेत खा रही है और हैरानी की बात यह है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंची इस बुजुर्ग महिला को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है वही डॉक्टर इसे मेंटल डिसऑर्डर और आयरन डिफिशियंसी और इसके अलावा पाइका जैसी बीमारी बता रहे हैं गाइज आपका इस अजीबो गरीब बीमारी के बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेहद अजीबो गरीब खान की वजह से चीन के के के लोग दुनिया भर के निशाने पर रहते हैं और अब फिर से चीन के लोगों, लोग लोगों स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी साथ ही इस इंजेक्शन से उनके बच्चों के शरीर में ताकत और उनकी बुद्धि का भी विकास होगा जिससे उनके बच्चे सुपर किड बन जाएंगे Guys, आपको क्या लगता है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट फिर से कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा ही में तेरासी वर्ल्ड कप पर आधारित मस्ट अवेटेड फिल्म 83 का ट्रेलर लॉन्च हुआ और कुछ ही घंटों में ये यूट्यूब पर नंबर वन पे ट्रेंड करने लगा दरअसल इंडिया की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर आधारित फिल्म उन क्रिकेट लेजेंड्स आरोप बनी है जिन्होंने फैंस की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ना होने के बावजूद भी उस वक्त की नंबर वन टीम वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप अप को अपने नाम किया था फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इंटरनेट पर छाया हुआ है और इस ट्रेलर में इमोशंस को ऐसे पिरोया गया है कि आपको अपने क्रिकेट लेजेंड्स के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाएगी गाइज आपको क्या लगता है की एटी अब तक की सबसे ज्यादा चलने वाली क्रिकेट बेस्ड मूवी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कॉमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज मिलता